जल जीवन मिशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सीपा समर्थन संस्था ने सिद्धिकंज में कई प्रस्ताव पारित किए जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग और साफ सफाई के साथ कई मुद्दों को भी शामिल किया गया सीपा समर्थन संस्था द्वारा ग्राम सिद्धिकंज और जनमत में ग्राम सभा में जल जीवन मिशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनेक प्रस्ताव पारित किए गए जिसमें वॉल पाइप रोड से दो फीट ऊपर उठाए जाएं, नवीन पेयजल समिति बनाई जाए और एक बोर और टंकी जो वर्षों से बंद पड़ी है उसे चालू करें पूरे गांव में पानी सप्लाई किया जाए पानी को सुरक्षित करने के लिए सोखते गड्ढे और वाटर हार्वेस्टिंग और साफ सफाई की जाने के साथ अन्य मुद्दों को भी प्रस्ताव में शामिल किया गया